नमस्ते टीचर टीचर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन साइट लेके आया हूँ जिसके माध्यम से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम फ्री में इस्पेमिन कॉपीज़ अपने घर पर मंगवा सकते हैं जिसके लिए हमें पोस्टल चार्ज भी नहीं देना होगा सबसे बड़ी बात यह है कि हम सारी बुक्स स्पेसिमिन कॉपी अपने घर पर मंगवा सकते हैं बाई डार्क बट हमें कोई चार्ज नहीं देना है इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए और क्या हो सकती है तो टीचर्स इस वीडियो को आप ध्यान से देखें अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर कर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चलिए बिना किसी डिले किए हम वीडियो को इस्टार्ट करते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर आप क्लिक करके इस साइट पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा चलिए उस गूगल फॉर्म को किस तरह से भरना है हम चेक कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रिंटर्स एंड पब्लिशर इस्पमिन फॉर्म्स जो ओसवाल है अपने टीचरों को एज आ एडवरटाइजमेंट के लिए टर्म टू का जो सैम्पल पेपर है इस्पेसमिन कॉपी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे गई तो हम क्या करते हैं इसको इस गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करके अपने घर पर मंगा सकते हैं चलिए चेक करते हैं क्या होता है हमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जैसा कि आपका नाम क्या है तो आई थिंक आपका नाम क्या है आपसे बेहतर हम नहीं जानते हमने भर दिया फिर कॉन्टैक्ट नंबर फिर यहाँ पर इस्कूल का नाम तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इस्कूल का नाम भी भर दिया है ये हमने सोचा कि वीडियो लंबी ना हो इसलिए पहले से फिल करके रख दिया तो अगर आपको लग रहा है ये लाइव नहीं है तो मैं आपको लाइव सेशन करके दिखा दे रहा हूँ देखिए ये लाइव चल रहा है आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते जो भी आपका हो तो मैं अपने स्कूल का नाम डाल देता हूँ ठीक है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपने विद्यालय का नाम भी भर दिया है फिर से आपको पूछा जा रहा है स्कूल कंप्लीट एड्रेस तो जो आपका विद्यालय जहाँ पर लोकेटेड हो वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए अगर पिन कोड आप पता है तो पिन कोड भी डाल दीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा योर एड्रेस तो यहाँ पर हम वो एड्रेस सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम उस स्पेशम को रिसीव करना चाह रहे हैं ये स्कूल का भी एड्रेस हो सकता है और आपका अपने घर का अपनी ऑफिस का या फिर किसी और स्थान का एड्रेस हो सकता है तो अभी तक मैंने जो एड्रेस डाला है ठीक है ये एड्रेस हमने अपने हाउस का डाला है तो बेहतर है कि आप भी अपने होम का ही डालें क्या पता आप इस्कूल में उस समय ना हो तो आपका जो स्पेशमन होगा कोई थर्ड पर्सन रिसीव करेगा बेहतर है आप अपने घर का ही एड्रेस डालें ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा ठीक है फिर आपके सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे फिल करें सिटी का नाम और ये पिन कोड वही होना चाहिए जिस पिन कोड पर आप इस पेसमेंट को रिसीव करना चाहते हैं साथ में स्टेट आप सिलेक्ट कर लें वैसे एड्रेस सेलेक्ट करते ही स्टेट आ जाता है नेक्स्ट थिंग होती है कि आपका जो स्कूल है या इसमेंट कॉपी आपको चाहिए वो किस बोर्ड की चाहिए तो फिलहाल मैं अभी सी बोर्ड के लिए करता हूँ अगर आपको किसी और बोर्ड का चाहिए तो आप यहाँ से चेंज करके के बोर्ड भी कर सकते हैं तो अभी के लिए जो मुझे सी बोर्ड का चाहिए और कौन सा चाहिए तो विच क्लास डू यू टीच तो इसमें से इस देखिए बहुत कर सकते हैं आप एक कर सकते हैं तो अभी मैं बहुत करता हूँ क्योंकि मैं दोनों क्लास को पढ़ाता हूँ ठीक है योर सब्जेक्ट तो जैसे दोनों क्लास में पढ़ाने का मतलब एक में तो मैं केमेस्ट्री पढ़ाता हूँ ठीक है और दूसरे में मैं क्या पढ़ाता हूँ तो दूसरे में मैं पढ़ाता हूँ साइंस तो आप चाहें तो अपने दोनों सब्जेक्ट पर रख दें इससे पहले जो ओसवाल की फैसिलिटी थी आपको किसी एक क्लास के लिए ही स्पेसमेंट सेंड किया जाता था लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अपडेट किया है इस बार आपको दो दो क्लासेस के स्पेसमेंट कॉपी सेंड करेंगे ठीक है योर स्पेसमेंट रिक्वायरमेंट तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आपका जो स्पेसमेंट किसके लिए रिक्वायरमेंट ओसवाल गुरुकुल मैथ स्टैंडर्ड तो अभी मुझे क्या पता है जो ओशुल इसके साइंस स्टैंडर्ड के लिए हमें चाहिए और साथ में जो हमें क्लास ट्वेल्थ का चाहिए वो केमिस्ट्री के लिए तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने दोस्त का सिलेक्ट किया वो सवाल गुरुकुल केमिस्ट्री सी बी क्लास ट्वेल्थ टर्म टू अगर आप चाहें तो और भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको दो ही बुक्स दिए जाएँगे क्योंकि आप जो पढ़ाते हैं आपको वही वहाँ से ईशू किया जाता है ठीक इतना करने के बाद सिंपली नीचे की तरफ आ जाएं मस्ट सेलेक्ट एट मोस्ट टू ऑप्शन इनका कहना है, आप दो से अधिक सेलेक्ट ना करें देखिए इर का मैसेज आया था हट गया तो आप जो दो स्पेशल क्लासेस या फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वही दो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें और लास्ट में यहां एक स्पेशल थिंग्स आ रही है अपलोड योर स्कूल आई कार्ड देखिए अगर आप टीचर हैं तो आपको इस्कूल से कोई ना कोई आई कार्ड रिसीव हुआ होगा तो आप उस आईडी कार्ड को यहाँ अपलोड कर लें ध्यान दें कि अगर आपको कोई आईडी कार्ड ईशू नहीं हुआ है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे आप अपने प्रिंसिपल से सर्टिफाई करा करके स्टैम्प लगा कर शादी पेपर पर भी आप अपने प्रूफ के तौर पर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं तो फिलहाल मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं अभी के लिए आई कार्ड को अपलोड कर देता हूँ और जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अपलोडिंग होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड कैसी है अगर नेट की स्पीड स्लो है तो इसमें समय लग सकता है तो ठीक है हम थोड़ा सा इंतज़ार करते दिए तब तो तक वीडियो को हम पाउज करके फिर से स्टार्ट करेंगे जब तक ये अपलोड नहीं हो जाता ठीक है जैसा कि आ, आप देख पा रहे होंगे कि ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है अब हमें सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करना है जैसे ही सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं हमें एक मैसेज मिलेगा जो कि हमें ये बताएगा कि हमारा ये सबमिशन सक्सेसफुल हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अगर ये आपसे कह रहा कोई और रिस्पॉन्स आप सबमिट करना चाहते हैं मतलब कि अगर आप और भी सब्जेक्ट या किसी और के लिए सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं देखिए ये चीज़ बच्चे भी मंगवा सकते हैं अगर उनके घर में कोई भी पेरेंट्स टीचर हैं तो या फिर भाई हैं बहन है कोई भी टीचर है तो वो लोग भी अपने बच्चों के लिए इसके माध्यम से मंगवा सकते हैं या बच्चे भी अपने पेरेंट्स की आई को यूज़ करके इसे अपने घर पर मंगवा सकते हैं उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छी भी लगी होगी अगर वीडियो ये आपके लिए जानकारीपूर्ण हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें थैंक यू